तो गुड मॉर्निंग गाइड्स कैसे हैं आप सभी लोग वेलकम बैक टू नीड द गाइड्स आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं दो नो वाले गए सी तो गाइड्स आप जानते हो इस गेम के बारे इस में इसमें काफ़ी मॉन्स्टर मारे काफ़ी ड्रोन्स मारे हैं बाकी बहुत कुछ किया इस गेम में और हम आगे खेलने जा रहे हैं इस गेम का अगर ये गेम आपको डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कीजिएगा हम आगे आ चुके हो जाते जाते में दो भाई। जाते में दो दो बंदे बंदे ना ओके हमको ले जाएंगे कहा ये नहीं है उनके हम अपने कैप्टन हैं और हम आगे जाएंगे उसी तरह, उसी तरह।, उसी तरह। बन जाएगा इसको भी मार दिया और और आगे उनको दे सकें एक और शॉट एक और बस एक और ओके बढ़ गया जाना चाहिए वापस भाई तुम्हारे इधर ही पड़े रहोगे चलो ठीक है हमें आगे बढ़ना चाहिए इसी और हमें स्तर बढ़ना अब दो तीन कनल है और ये भी हमें ड्रोन बड़ा ये तीन ड्रोन और और और भी हैं ड्रोन तो मारना अपने और एक कौन है कॉल ओके पास में जाके मारेंगे उनका शर्ट बहुत अच्छा लगेगा ये ये अपने अपने बंदे ही और सारे अपने बंदे ही ना बन गई तरह बढ़ना चाहिए मारते रहेंगे अगले नहीं खुल रहा है जब तक ये खत्म नहीं होंगे तब तक बस और ये तो बस तो बस ये था बस देख एक शॉट डाला और कितने पर है मैं अरे वापस बार बार मैं गिर गिरते जा रहा हूँ उनको मारते मारते तो बस ये खत्म हो गया खत्म हो गए सब सब सब को भी तो और ये भी खत्म हो गए अच्छा हुआ जल्दी में सब खत्म हो गए जाना कहां पर, पर गाइड्स हमें हमें इस तरफ जाना है दो इस जाना है। तो गाइड्स ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दिल से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए उसके साथ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी वहाँ आपके फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और आपका फेवरेट पार्ट कमेंट कीजिएगा थैंक यू